हेलो तो फ्रेंड्स नमस्कार मैं राजेंद्र प्रसाद आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं आज हम इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ में एक नया टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉपिक है वैदिक सभ्यता ठीक है आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता प्राचीन काल के अंदर हड़पा सभ्यता के बाद में और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता का विकास होता है और अगर इस सभ्यता के बारे में जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में देखा जाए तो ये अर्धकबायलीमक्कड़ और ग्रामीण संस्कृति थी ठीक है अर्धकबाइली जिसको अंग्रेजी में सेमी नोमोडिक बोलते हैं ग्रामीण गुमक्कड़ संस्कृति थी ठीक है यानी जो इसकी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो बेसिक इसकी विशेषताएं हैं वो हैं घुमक्कड़ टाइप की है यानी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ये लोग पशुचारण करते हुए विचरित करते थे ग्रामीण परिवेश था अब भी आज इस सभ्यता के अंतर्गत जिन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं तो आज हम इस सभ्यता के जो मुख्य बिंदु हैं जैसे सबसे पहले हम इस सभ्यता का परिचय देखेंगे उसके बाद इस सभ्यता का जो काल क्रम है उसके बारे में देखेंगे इसके बाद जो इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं जानकारी के स्रोत उसके बारे में देखेंगे इसके बाद में इस सभ्यता के लोगों का जो मूल निवास मूल निवास स्थान संबंधित जो मत है उसके बारे में चर्चा करेंगे फिर इनका जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में देखेंगे और अगले बिंदु के तौर पर हम इनके जीवन की विशेषताएं जीवन की विशेषताएं जिसके अंतर्गत समाज धर्म अर्थव्यवस्था और इनका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे और अंत में हम देखेंगे जो साहित्य इस समय लिखा गया था जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए वेद हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं आर्णिक्य हैं उपनिषद हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है तो हमने जो बिंदु इस सभ्यता के अंतर्गत जो बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे उनके बारे में हमने देखा और इसके अंतर्गत हमने देख हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो परिचय है उसको समझेंगे इनका काल क्रम है उसके बारे में देखेंगे जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और इनके मूल निवास स्थान <coughs> यानी ये भारत के रहने वाले थे या बाहर से आने वाली प्रजाति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो इनका भौगोलिक विस्तार है यानी भारत के किन क्षेत्रों में या कहां तक इनका जो विस्तार था उसके बारे में देखेंगे फिर इनके जीवन की जो मुख्य विशेषताएं हैं यानी इस समय का समाज कैसा है उसको देखेंगे धर्म कै, ए, कैसा है उसके बारे में देखेंगे अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन है उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसके ए, इस समय जो साहित्य लिखा गया था उसको विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम इसका जो पहला बिंदु है इनका जो सामान्य परिचय है उसको देखने का प्रयास करते हैं ठीक है परिचय परिचय के अंतर्गत जैसे वैदिक सभ्यता यहां पर ये जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना है और वेद यहां पर विद धातु से बना है जिसका मतलब होता है ज्ञान ठीक है वैदिक सभ्यता उसमें जो वैदिक शब्द है वो विध धातु से बना है और उसका मतलब होता है ज्ञान ठीक है अब अगर इस ज्ञान के निर्माता की बात करें कि इस ज्ञान के निर्माता कौन थे या जो वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता कौन थे तो इसके निर्माता हैं आर्य। ये जो आर्य शब्द है ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ ठीक है हमने यहां पे देखा कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो वैदिक शब्द है वो विध धातु से बना है और विध धातु का मतलब होता है ज्ञान अब अगर इस ज्ञान के निर्माता की बात करें तो इस ज्ञान के निर्माता है आर्य और आर्य जो शब्द है वो है संस्कृत भाषा का और उसका मतलब होता है श्रेष्ठ कहने का मतलब श्रेष्ठ जनों द्वारा निर्मित जो ज्ञान है या फिर श्रेष्ठ जवान जनों द्वारा निर्मित जो संस्कृति है या जो सभ्यता है उसको क्या कहा गया है वैदिक सभ्यता ठीक है यहां पर सभ्यता संस्कृति जैसे शब्द आ रहे हैं उनके बारे में हम अलग से इन बिंदुओं के ऊपर अलग से क्लास करेंगे ठीक है अब अगर आर्यों के बारे में बात करें कि आर्य थे कौन या फिर ये जो शब्द है ये कहां से आ रहा है तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि आर्य एक जाति विशेष थी लेकिन बाद में जब जो भाषा वैज्ञानिक भाषा विज्ञानिकों ने बार बार रिसर्च की इस बात के ऊपर तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्य एक जाति विशेष के तौर पे थे क्योंकि ऐसी चीज़ें संभव नहीं है बाद में जब इन चीज़ों पे रिसर्च होती है तो इनके बारे में कहा गया कि जो भारोपीय भाषा समूह के जो लोग है, हैं उनमें से आर्ये भी हैं यानी जो लोग भारोपीय भारोपीय से मतलब ये है कि जो भाषा मध्य एशिया से ऊपरी भाग कहने का मतलब मध्य एशिया और यूरोप के आसपास का जो भूभाग है उसमें जो भाषा बोली जाती थी या उस भाषा समूह के जो लोग हैं और यहां पर जो भाषा बोली जा रही है वो बेसिकली है संस्कृत यानी भारोपीय भाषा और उसमें भी जो संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों का जो समूह है उसको बोला गया यहां पर आर्य तो ये तो था इनके बारे में एक सामान्य परिचय अब देखते हैं जो हमारी सभ्यता है वैदिक सभ्यता इसके काल क्रम के बारे में तो कालक्रम के बारे में अगर देखा जाए तो पूरा जो वैदिक काल है उसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का ठीक है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ठीक है लेकिन इतिहासकारों ने क्या किया है कि कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या धार्मिक परिवर्तन होने की वजह से खास के होता क्या है कि एक हज़ार ईसा पूर्व के आसपास जो गंगा के गंगा का मैदानी भाग है उसमें लोहे की खोज होती है और लोहे की खोज की वजह से यहाँ पर कृषि कार्यों के अंदर या फिर जो उपकरण हैं लोहे के उपकरण हैं उनमें बढ़ोतरी होती है और काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है इसकी वजह से इतिहासकारों ने क्या किया कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में मतलब अलग अलग भागों में देखने का प्रयास किया है तो हम इन्हीं दो के बारे में चर्चा करते हैं जैसे पूर्व वैदिक काल इसका जो समय है वो है पंद्रह ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और जो दूसरा इसका समय है उत्तर वैदिक काल का वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि जो वैदिक सभ्यता है उसका कालक्रम क्या है तो कालक्रम के अंतर्गत हमने देखा कि इसका जो पूरा कालक्रम है पूरी वैदिक सभ्यता का वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का लेकिन इतिहासकारों ने जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके आधार पर इसको दो भागों में बांटा है चाहे वो साहित्य के अंतर्गत परिवर्तन हो या फिर धार्मिक चीजों में या फिर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो तो इसके अंतर्गत इन्होंने दो भागों में बांटा एक पहले वाला भाग है उसको नाम दिया पूर्व वैदिक काल और इसका समय है पंद्रह से एक ईसा पूर्व ठीक है और दूसरा जो भाग है वो है उत्तर वैदिक काल इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ठीक है अब हम देखते हैं इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं ठीक है तो हमने यहां पर देखा कि जो वैदिक सभ्यता है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल जो वैदिक काल है उसको हमने दो भागों में बांटा है यहां पर एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल और हम चर्चा कर रहे हैं जो जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में ठीक है अब अगर बात करें पूर्व वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में तो इसको हम दो भागों में देखेंगे एक पुरातात्विक स्रोत इस समय क्या मिलते हैं और एक साहित्य इस समय क्या मिलता है उसके बारे में तो अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो नंबर एक के ऊपर हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत और नंबर दो पे हम देखेंगे इस समय हमें साहित्यिक स्रोत क्या मिल रहे हैं जिनके बारे में अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो यहां पर हमें एक तो गैरुवर्णी मृदभांड मिल रहे हैं नंबर दो पे बात करें तो यहां पर हमें काले एवं लाल मृदभांड मिल रहे हैं और एक हमें यहां पर ताम्रपुंज मिल रहे हैं ठीक है ताम्र उपकरण कह सकते हैं या ताम्र ताम्रपुंज यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं अगर साहित्य की यहां पर बात करें तो हमें एक साहित्यिक स्रोत मिल रहा है और वो है ऋग्वेद तो ये तो बात थी पूर्व वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में अब बात करते हैं हम लोग उत्तर वैदिक की जानकारी के स्रोत के बारे में तो यहां पर नंबर एक में हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो यहां पर हमें मिलते हैं नंबर एक के ऊपर चित्रित दूसर मृदभांड, चित्रित दूसर मृदभांड और दूसरा है उत्तरी काले पालिसदार मृदभा ठीक है और अगर साहित्य की बात करें तो उत्तर उत्तरवेदिकाल में हमें मिल रहा है यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरणक्य और उपनिषद ठीक है तो ये थे जो वैदिक काल है उसको हमने दो भागों में बांटा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल उसके अंतर्गत हमने जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको अलग से देखा और पुरातात्विक स्रोत हैं उनको अलग से देखा अब अगर बात करें कि जो पूर्व वैदिक काल है उसके प्रातात्विक स्रोत क्या हैं? तो यहाँ पर हमें गैरू वर्णी मिल रहे हैं काले लाल मृदभाड मिल रहे हैं और ताम्र पुंज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं ये थे प्रातात्विक स्रोत और अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो यहाँ हमें मिल रहा है सिर्फ ऋग्वेद यानी ऋग्वेद में जो साहित्य हमें मिलता है या ऋग्वेद से हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें पूर्व वैदिकाल के बारे में जानकारी देती है ठीक है चाहे वो विस्तार हो चाहे वो धर्म हो चाहे वो राजनीति हो जो चीज़ें पूर्व ऋग्वेद में हमें मिलती हैं वो सारी जानकारी हमें पूर्व वैदिकाल के बारे में देती है ठीक है अब अगर उत्तर वैदिकाल के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिकाल में अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो हमें चित्रितूषण मृदबाण्ड मिल रहे हैं उत्तरी काले पालिसदार मृदबाण्ड मिल रहे हैं और यहाँ पर अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हमें यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ आर्ण्य उपनिषद ये सारी सामग्री हमें साहित्यिक स्रोतों के रूप में मिल रही है और एक चीज़ और है कि उत्तर वैदिक काल में होता क्या है एक हजार पचास के आसपास उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतरंजी खेड़ा ये एटा जिले में है वहाँ हमें लोहे की जानकारी मिलती है जो भी उत्तर वैदिक काल के जो परिवर्तन हैं या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिकाल के अंतर जो विभाजन हम कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये जो लोहे के अवशेष मिल रहे हैं यहाँ पर इसे क्या होगा कि जो कृषि है उसमें हमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा ठीक है तो ये था हमारा जानकारी के स्रोतों के बारे में जो चीजें हमें मिली है प्रातात्विक और साहित्य उसके बारे में जानकारी अब हम देखते हैं जो आर्यों के बारे में या जो वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं उनके मूल निवास संबंधित जो मत हैं उनके बारे में देखते हैं ठीक है मूल निवास संबंधित मत इस संदर्भ में देखो अलग अलग मत हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक है उनका मत है दयानंद सरस्वती है उनका मत है पी गाइस है उनका मत है गंगानाथ झा है उनका मत है मैक्स मुलर है उनका मत है डॉक्टर संपूर्णानंद है उनका मत है तो इन्होंने अलग अलग जगहों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है देखते हैं सबसे पहला जो मत है वो है बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक ने जो जगह बताई है वो है आर्कटिक प्रदेश उत्तरी दुरु को इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती और इन्होंने जो तिब्बत का भाग है या तिब्बत का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है तीसरा जो मत है वो है पी गाइस का इन्होंने डेन्यूब नदी घाटी वे हंगरी वाला जो क्षेत्र है यूरोप के अंदर उस जगह को इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है एक और व्यक्ति हैं गंगानाथ झां गंगानाथ झा के अनुसार भारत में एक जगह है ब्रह्म ऋषि प्रदेश इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो गंगानाथ झा ने ब्रह्म प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है अगला जो मत है वो है मैक्स आर्यु का मैक्स मुलर ने का मूल निवास स्थान है वो है मध्य एशिया मध्य एशिया के भूभाग को मैक्स मूलर ने आर्यु का मूल निवास स्थान बताया है और इसी मत का समर्थन करते हुए डॉ संपूर्णानंद है जिन्होंने आल्पस पर्वत यानी जो यूराल प्र, प्र, प्रदेश है वो सॉरी आल्पस प्रदेश का जो भूभाग है जो एक तरीके से स्टेपी घास के मैदान है वहां से आर्यु का मूल निवास स्थान मानते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद इनके अनुसार आलपस पर्वत के पास के जो स्टेपी ग्रास के मैदान हैं स्टेपी घास के जो मैदान हैं, उनको आर्यों का मूल निवास स्थान माना है इन मतों के ऊपर काफी शोध होता है और इनके अंतर्गत जो मत सबसे ज्यादा मान्य है जिसको एन वगैरह और ज्यादातर विद्वान हैं इतिहासकार हैं वो समर्थन करते हैं वो है मैक्स मुलर और जो डॉक्टर संपूर्णानंद का मत है उसको सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है या इसी मत को ज़्यादा माना जाता है तो चर्चा करते हैं हम पहले थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि जैसे हमने देखा मूल निवास संबंधित जो मत हैं उसमें हमने एक सबसे पहले जो विचार है वो बाल गंगाधर तिलक का है उनके अनुसार जो निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश है दूसरा जो मत है वो दयानंद सरस्वती का है इन्होंने तिब्बत को माना है पी गाइल्स पी गाइल्स के अनुसार डेनूब नदी और हंगरी के आसपास का जो भूभाग है यूरोप में वो मूल निवास स्थान है गंगानाथ जहाँ के अनुसार ब्रह्म ऋषि प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान है और मैक्स मूलर के अनुसार जो मध्य एशिया का भूभाग है वहाँ से आर्यु का मूल निवास स्थान है और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आलपस पर्वत के आसपास का जो भूभाग है वो आर्यु का मूल निवास स्थान है अब हम चर्चा करते हैं कि मैक्स मैक्समूलर और डॉक्टर संपूर्णानंद का जो मत है उसके पीछे उसको मानने के पीछे कारण क्या है ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो समर्थन मिला है वो है मैक्समूलर का मत है उसको इसको समझने का प्रयास करते हैं मैक्स मूलर का मत अगर बात करें मैक्स मूलर के मत की तो होता क्या है कि जो भारत में आ हैं और जो मध्य एशिया में या यूराल पर्वत के आसपास के जो लोग हैं जो जिनकी जो संस्कृति है वो एक तरीके से समान है तो हम कह सकते हैं इस मत को मानने के पीछे कारण जो है कि इनकी जो संस्कृति है संस्कृति समान पाई गई है ठीक है संस्कृति समान पाई गई है और उसके अंतर्गत अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो होता यह है कि भारतीय और जो मध्य में प्रजाति है वहां पर जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे जैसे मान जो बुर्ज है देवदारू है मैपिल है तो इनमें क्या है समानता है यानी ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है और वैस यही चीजें वहाँ पे या वहाँ के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं दूसरा जो समानता का कारण है वो ये है कि जैसे पशु पक्षी या जानवर जो हैं उनमें भी समानता है जैसे मान लीजिए कुत्ता है घोड़ा है तो ये चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल रही हैं या जो इनके नाम है वो यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी मतलब सेम टाइप के हैं इस कारण से इन चीज़ों में समानता देखने को मिलती है बात करें अगर घोड़े की तो घोड़ा क्या है हमारे यहाँ जो आर्य लोग हैं उनका भी प्रिय पशु है या उनकी जो ए, उनकी आर्थिक उनका जो आर्थिक जीवन है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है उनको गति प्रदान करता है या रथ वगैरह में उसको प्रयोग में लेते हैं और ऐसे ही साक्ष्य हमें यूराल पर्वत और जो मध्य एशिया का भूभाग है वहां पर हमें घोड़े की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं ये जो हड्डियां हैं ये एक जगह हमें 3000 ईसा पूर्व के लगभग के साक्ष्य देती हैं और एक जगह हमें 600 ईसा पूर्व के लगभग का साक्ष्य देती हैं तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ पर जो जानवर हैं वो समान हैं और पेड़ पौधे हैं उनमें समानता है अगर भाषा की बात करें भाषा की अगर समानता की बात करें तो संस्कृत जो भाषा है ये यहाँ भी बोली जा रही है आर्यों की भी मुख्य भाषा है और वहाँ जो मध्य एशिया में लोग हैं वो भी यही भाषा बोल रहे हैं तो यहाँ पर जो भाषा है उसमें भी समानता देखने को मिलती है इस कारण से इनके अंतर्गत भारोपीय भाषागत समानता देखने को मिलती है ठीक है तो ये थे जो मैक्समूलर का जो सिद्धांत है उसको जो समर्थन मिलता है उसके पीछे इतने सारे कारण हैं अब हम जो मैक्समूलर का मत है उसको आगे जो समर्थन मिलता है यानी जैसे जैसे आर्यों का मध्य एशिया से भारत की तरफ विस्तार हो रहा है तो फिर कुछ चीज़ें और मिलती हैं जो इस मत को ज़्यादा मजबूत करती हैं उसमें होता क्या है कि तीन तो अभिलेख मिलते हैं हमें और एक हमें ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है अवेंस्ता जो ईरानी ग्रंथ है और तीन अभिलेख हमें मध्य एशिया से प्राप्त होते हैं एक तो हिटाइट का है बाईस ईसा पूर्व का एक कसाइट का अभिलेख है 1600 सो ईसापुर का और एक बोगजगोई का अभिलेख है 1400 सौ ईसापुर का तो ये भी हमें क्या है इस मैक्समुलर के मत को जो इसका मत है उसको समर्थन प्रदान करते हैं तो देखते हैं आगे जो अभिलेख और ग्रंथ मिले हैं उनके बारे में हमें सबसे पहले जो अभिलेख मिला है वो है हिटाइट अभिलेख मध्य में मिला है और ये 2200 ईसा पूर्व का है दूसरा जो अभिलेख है वो है कसाइट अभिलेख ये 1600 ईसा पूर्व का है और इन दोनों में क्या है आर्य नाम का उल्लेख मिलता है आर्य नाम का उल्लेख मिलता है ठीक है तीसरा जो अभिलेख है वो है बोगज कोई का अभिलेख बोगज कोई का अभिलेख इस अभिलेख की खासियत ये है कि इसमें इंद्र वरुण मित्र व नाशत्य नामक देवताओं का उल्लेख मिलता है और ये जो देवता हैं ये हमारे ऋग्वेद के अंदर जो मुख्य देवता थे उनसे समानता एक तरीके से उनके साथ में समानता स्थापित की जाती है या जैसी प्रकृति इनकी है वैसी प्रकृति हमारे ऋग्वेद में जो देवता हैं उनकी भी देखने को मिलती है और बात करें अगर ग्रंथ की तो ग्रंथ है जिंद अवेंसता ये ईरानी ग्रंथ है और इसकी खासियत यह है कि जो विषय वस्तु जो विषय वस्तु जिंत अव्यस्था में दी गई है उसी के समान विषय वस्तु हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है तो इस तरीके से होता यह है कि आर्यों का मूल निवास स्थान के संबंध में हमने चर्चा की अलग अलग जो विचारक थे उनके बारे में जैसे बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जो आर्कटिक प्रदेश है उसको माना है दयानंद सरस्वती ने तिब्बत तिब्बतवाड़ी भूभाग को माना है गंगानाथ झा ने ब्रह्म प्रदेश को माना है पी गाइल्स ने डेन्यूब नदी और हंगरी का प्रदेश है उसको माना है लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मत को समर्थन नहीं मिलता है लेकिन मैक्स मुलर और डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो मध्य एशिया वाला भूभाग है उसको आर्यु का मूल निवास स्थान माना और उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए कि इस कारण से आर्य आयु का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया और यूराल प्रदेश ए, यूराल पर्वत का जो प्रदेश है जो स्टेपी घास के मैदान है जहाँ पर ज़्यादातर लोग पशु चराते थे और कृषि एक गौण तरीके से की जाती थी यानी द्वितीय तरह का आर्थिक क्रियाकलाप था तो वहाँ से क्या होता है कि किन्हीं कारणों से जो आर्य हैं वो अलग अलग प्रजातियों के रूप में या अलग अलग समय में भारत की तरफ खास करके जो सप्त संधव भूभाग है उसमें आते हैं मध्य एशिया से अफगानिस्तान होते हुए और उन्होंने इसके पीछे बहुत सारे तर्क भी दिए हैं और उनके जो उनका जो मत है उसको समर्थन भी मिल रहा है जिसके पीछे हमने कई चीज़ें देखी और उनके अंतर्गत हमने अभिलेख भी देखे जैसे इटाइट का अभिलेख है कसाइट अभिलेख है जिसमें आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है बोगज का अभिलेख है जिसमें कई देवताओं के बारे में चर्चा की गई है और जिंत अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु हमारे ऋग्वेद की विषय वस्तु है जिसे मेल खाती है तो ये था आर्यों का जो मूल निवास स्थान है मध्य एशिया वाला भूभाग उसके बारे में मत ठीक है अब हम देखते हैं कि आर्य अगर मध्य एशिया से आ रहे हैं तो उनका जो पूर्व वैद्य काल में और उत्तर वैदिकाल में जो विस्तार होता है भारत में खास करके उत्तर भारत में उसके बारे में ठीक है बात करते हैं वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पिछले बिंदु के अंतर्गत हमने देखा कि ये मध्य एशिया से आ रहे हैं अब होगा क्या कि जैसे मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये भारतीय भूभाग है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा होता था और आर्यों के बारे में हमने यहां पर चर्चा की कि वो मध्य एशिया है उसमें यूराल पर्वत के आसपास रहते हैं यूराल पर्वत वाला जो भूभाग है वह ये आर्यों का मूल निवास स्थान है ठीक है अब होगा क्या कि सबसे पहले ये मध्य एशिया से होते हुए जो अफ़ग़ानिस्तान वाला भूभाग है सबसे पहले ये अफ़ग़ानिस्तान वाले भूभाग में प्रवेश करेंगे इसके पीछे कारण क्या है कि हमें ऋग्वेद के अंदर जो अफगानिस्तान में चार नदियां बहती थी उनका उल्लेख मिलता है तो अफगानिस्तान की नदियां हैं कुम्बा, कुरमू, स्वाद व गोमल ये चार नदियां हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है यानी आर्य क्या कर रहे हैं मध्य एशिया से पशु चारण करते हुए सबसे पहले अफगानिस्तान में आते हैं और अफग़ानिस्तान का जो जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद के अंदर अफ़गानिस्तान में जो नदियां बहती हैं चार नदियां जैसे कुम्बा है कुर्मु है गोमल है स्वात है उनकी जानकारी मिलती है ठीक है अब जो इनका अगला क्रम होगा वो है भारत का जो पश्चिमी उत्तर भाग है खास करके पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र उसमें ये प्रवेश करेंगे और ये प्रदेश है उसको नाम दिया गया है इस वाले भूभाग को सप्त सैंदव प्रदेश सप्त सैंदव प्रदेश ठीक है सप्तेंधो प्रदेश में ये लोग आते हैं यहाँ पर होता क्या है कि इनको एक तो उर्वरक जमीन मिलती है घास वाली जमीन मिलती है इनका मुख्य जो पैसा है वो पशु चारण है और यहाँ पर ये लंबे समय तक पशु चारण करते हैं और ऋग्वेद की रचना यहाँ पर होती है सप्त सप्तेंधों से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि इस जगह के ऊपर या इस क्षेत्र में सात नदियां बहती हैं नदियां हैं सरस्वती सिंधु रावी जेलम सतलज और व्यास ठीक है ये जो सात नदियां हैं और एक और है चिनाव ये सात नदियां हैं इन सात नदियों का जो भूभाग है उसको नाम दिया गया है सप्त सिंधु प्रदेश ठीक है यहाँ आ काफी लंबे समय रहते हैं और यहाँ पर होता यह है कि ऋग्वेद की रचना होती है तो मेन क्या है इस जगह के ऊपर जो सप्त सिंधु वाला भूभाग है यहाँ पर ऋग्वेद की रचना होती है और क्या होता है इनको जो सिंधु नदी है इससे काफी लगाव है या ए, इनके लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसका बार बार उल्लेख मिलता है ठीक है और दूसरी एक नदी है सरस्वती तो सरस्वती जो नदी है वो पवित्र नदी है और इन्होंने इसको बोला है नदी तमा ठीक है तो हम चर्चा कर रहे हैं सप्तेंधों वाले भूभाग की सप्त सप्तेंधों प्रदेश के अंतर्गत ये लोग आते हैं अफगानिस्तान होते हुए यहाँ पर जो सात नदियाँ हैं उन सात नदियों वाला भूभाग सरस्वती सिंधु रावी जेलम सतलज व्यास और चिनाव नदी का जो भूभाग है इसमें आकर के ये ऋग्वेद की रचना करते हैं यहाँ पर जो सिंधु नदी है वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका बार बार उल्लेख मिलता है और जो सरस्वती नदी है वो इनकी पवित्र नदी है क्योंकि उसको यहां पर नदी तमा कहा गया है ठीक है अब इसके बाद में जो इनका भौगोलिक विस्तार होता है उसके बारे में देखते हैं हमने यहां पर देखा कि ये लोग मध्य एशिया से आ रहे हैं और भारत का जो सप्त सेंधो प्रदेश है उसमें ये लोग आकर के रहने लग जाते हैं ठीक है यानी ये वाला भूभाग है इसमें आकर के ये रहने लग जाते हैं और इसको नाम दिया गया है सप्तव और यहां पर हो क्या रहा है ऋग्वेद की रचना थोड़े समय बाद में होता यह है कि इनका विस्तार थोड़ा आगे बढ़ता है और ये जो कुरुक्षेत्र वाला भूभाग है यानी अगला जो विस्तार होगा दूसरे नंबर पर वो है कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला भूभाग इसके ऊपर ये लोग अधिकार करते हैं और इस प्रदेश को ये नाम देते हैं ब्रह्मव्रत प्रदेश तो जो कुरुक्षेत्र वाला भूभाग है उसको नाम दिया इन्होंने ब्रह्मव्रत ब्रह्मव्रत प्रदेश ठीक है तो ये जो विस्तार है ये है पूर्व वैदिकाल का या ऋग्वेदिक काल का जो इनका विस्तार है ये होता है सप्तेंधो प्रदेश तक और थोड़ा सा आगे ब्रह्मव्रत प्रदेश तक ठीक है हमने यहाँ पर देखा कि मध्य एशिया से ये लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान में कुछ समय इनका ठहराव होता है जो उसका कारण क्या है कि ऋग्वेद में हमें चार नदियों का उल्लेख मिलता है उसके बाद में ये सप्त प्रदेश में आते हैं और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस प्रदेश को नाम देते हैं ये लोग ब्रह्मवर्त प्रदेश ये है पूर्व वैदिक काल का जो आर्यों का विस्तार है उसके बारे में जानकारी अब आगे हम देखते हैं कि इनका जो उत्तर वैदिक काल में विस्तार होता है उसके बारे में उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो एक सतपथ ब्राह्मण में एक कथा देखने को मिलती है विदय माधव की इस कहानी के अंतर्गत या इस कथा में दिया गया है कि जो माधव है वो वैश्वानर अग्नि को मुंह में डाल करके घृत का जब वो आवाज़ निकालता है तो अग्नि उसके मुंह से निकल के धरती पे गिर जाती है और वो सब कुछ जलाती हुई पूर्व की तरफ बढ़ती है और आखिर में जो बिहार की सदा नदी है जिसको गंडक नदी बोलते हैं उसको वो जला नहीं पाती और इस कारण से आर्यों का जो पूर्वी विस्तार है वो सदा, सदा तक जाकर के रुक जाता है ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा जो उत्तर वैदिक कालीन विस्तार है उसके बारे में और ये जानकारी हमें मिलती है सतपथ ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण की विदे मादव कथा से ठीक है इस विदे माधव के अंतर्गत हमने देखा कि जो माधव है वो वैश्वानर वैश्वानर अग्नि को मुंह में लेता है को मुंह में डालता है और जब यह घृत की आवाज निकालता है घृत की आवाज़ निकालता है तो अग्नि मुंह से निकलकर धरती पर गिर जाती है धरती पर गिर जाती है ठीक है अब इसमें होगा क्या कि इनका विस्तार है वो कहां तक पहुंच जाएगा पूर्वी भारत में सदानिरा नदी तक तो यहां दोबारा समझते हैं जैसे हमने देखा पहले इनका जो विस्तार है वो है सप्त सप्तेंधु प्रदेश में ये सप्त सप्तेंध वाला भूभाग हो गया उसके बाद में ये लोग आते हैं यहाँ पर कुरुक्षित्र वाले भाग में और इसको नाम दिया गया है ब्रमव्रत प्रदेश ये नंबर एक है और ये नंबर दो है जो अगला विस्तार है अब विदय माधोम ने हमने देखा कि इनका विस्तार हो जाता है गंडक नदी तक या फिर सदा निरा नदी तक बिहार की सदा निरा नदी है वहाँ तक यानी कहने का मतलब जो गंगा और यमुना का दो है गंगा और यमुना का दो है उसमें आर्यों का अब भौगोलिक विस्तार हो गया है पहले सप्तेंधु प्रदेश में फिर ब्रह्मत प्रदेश में और अब ये आर्य है ब्रह्म ऋषि प्रदेश में तो जो नंबर तीन है वो है ब्रम प्रदेश ठीक है तीसरे नंबर में जो इनका भौगोलिक विस्तार होता है विदय की कथा के अनुसार वो है ब्रह्म प्रदेश और ये क्षेत्र कौन सा है दोआब वाला गंगा और यमुना का प्रदेश ठीक है उसके बाद में होगा क्या कि इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो थोड़ा नीचे की ओर यानी जो मध्य प्रदेश का या मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें होगा और इसको नाम दिया जाएगा नंबर चार वाले को मध्य देश मध्य देश ठीक है ये चार नंबर का इनका विस्तार है और फिर जो आखिरी जो इनका विस्तार होगा या आगे जो इनका विस्तार होगा वो विस्तार है एक तो ये लोग बंगाल वाले क्षेत्र को और बिहार वाला जो बचा हुआ भूभाग है उसको काबू में कर लेंगे और नीचे की तरफ क्या है कि रेवा नदी जिसको नर्मदा नदी बोला जाता है और एक जो विंध्याचल पर्वत है वहां तक इनका विस्तार हो जाएगा तो ये इनकी दक्षिणी सीमा होगी और इधर पूर्व की बात करें तो ये लोग बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है वहां तक पहुंच जाएंगे और इस पूरे प्रदेश को यानी सप्तव ब्रह्मव्रत प्रदेश ब्रह्म प्रदेश मध्य देश और इन सबको मिला करके यानी इतना जो इनका भौगोलिक विस्तार हुआ है इस सबको मिला करके नाम नाम क्या दिया जाएगा आर्याव्रत ठीक है यानी आर्याव्रत के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले इनका विकास होता है या विस्तार होता है वो है सप्तेंधु प्रदेश में उसके बाद में आ, आते हैं ब्रह्म व्रत प्रदेश में उसके बाद में ब्रह्म ऋषि प्रदेश में उसके बाद मध्य देश और सबसे अंत में जो पूरा विस्तार है वो है आर्यव्रत का ठीक है तो ये खास करके पूरा जो उत्तर भारत है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आर्यो का भौगोलिक विस्तार हो जाता है एक इनको हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी है हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी है और यहां की एक चोटी है मूंजवंत मूंजवंत जो चोटी है हिमालय की उसके बारे में इनको जानकारी है यहां से ये लोग क्या करते हैं एक पेय पदार्थ है सोमरस सोमरस की प्राप्ति करते हैं ठीक है इस समय तक इनको समुद्र के बारे में जानकारी हो जाती है रेगिस्तान के बारे में जानकारी हो जाती है और कुछ पर्वत श्रेणिया है जिनके नाम हैं कौच मैनाक त्रिकबू ये पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके बारे में इनको जानकारी हो जाती है ये खास करके पूर्वोत्तर जो प्रदेश हैं या पूर्वोत्तर भारत है ये वाला यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ स्थित थी तो हमने यहाँ पर आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में चर्चा की इसके इसको दोबारा से समझते हैं सबसे पहले हमने बात की कि आर्य कहाँ से आ रहे हैं मध्य एशिया से फिर अगर भारत की बात करें तो भारत में ये अफग़ानिस्तान होते हुए यानी सबसे पहले ये आते हैं अफ़ग़ानिस्तान में ये अफ़ग़ानिस्तान है उसके बाद में अभी का जो पाकिस्तान है इस वाले भूभाग में आते हैं और जो पंजाब वाला भूभाग है उसमें आते हैं और इस पूरे भूभाग को नाम दिया गया है सप्त सैंदव ठीक है तो सबसे पहले ये लोग आते हैं सप्त सैंधव भूभाग में यहां आकर के ये ऋग्वेद की रचना कर रहे हैं और इसी सप्त सेंदव में होता क्या है कि दो युद्ध भी देखने को मिलते हैं एक तो है दिवोदास और एक अनार्य व्यक्ति है संबर इन दोनों के बीच में होता है जिसमें दियोदास है ये विजय होता है और दूसरा जो युद्ध है वो सुदास ये दियोदास के पुत्र हैं सुदास सुदास और दस राजा दस राजाओं के बीच में होता है जिसमें सुदास विजय होता है ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था रावी नदी के तट के ऊपर सुदास और दस राजाओं के बीच में युद्ध होता है जिसमें सुदास विजय होता है पर सुदास है, उसके जो हैं, वो वशिष्ठ हैं, और दस राजाओं के जो पुरोहित हैं वो हैं विश्वामित्र ठीक है तो ये जो युद्ध हो रहे हैं ये भी पूर्व वैद्य काल के अंदर जब सप्तों में विस्तार हो रहा है तब की घटना है फिर हमने देखा कि जो इनका उत्तर वैदिकाल में विस्तार होता है वो एक नंबर के ऊपर होता है ब्रह्मव्रत प्रदेश और बाद में ब्रह्म प्रदेश ये ब्रह्म प्रदेश है वो गंगा यमुना का बुबाग है और ब्रह्मव्रत वाला जो क्षेत्र है वो है अभी का जो कुरुक्षेत्र वाला बुबाग है उसके बारे में फिर इनका जो विस्तार होता है वो मध्य प्रदेश की तरफ होता है यानि मध्य देश में होता है और बाद में ये लोग क्या करते हैं जो विंध्याचल है विंध्याचल की पहाड़ी है या फिर जो रेवा नदी है नर्मदा नदी वहाँ तक इनका विस्तार हो जाता है और कुछ विस्तार इनका पूर्व की तरफ होता है जिसके अंतर्गत बंगाल व बिहार का भूभाग है और इस पूरे भूभाग को नाम दिया गया है फिर आर्याव्रत ठीक है तो इस तरीके से जो आर्य हैं उनका पूर्व अधिकाल और उत्तरवेदिकाल में विस्तार होता है आज यहीं तक अगली क्लास में हम इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में देखेंगे या इनके जीवन की जो विशेषताएं हैं जैसे राजनीतिक जीवन आर्थिक जीवन धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन है उसको समझेंगे और इस समय जो साहित्य लिखा गया था उसके बारे में देखेंगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए धन्यवाद